उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल का एक फोटो शनिवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ फोटो में वे महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जलधारी के पास अजीब पोज बनाकर बैठे नजर आ रहे हैं कांग्रेस ने इस फोटो को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि यह आस्था के प्रति अशोभनीय व्यवहार है पहले फर्जी तरीके से चुनाव जीते अब आस्था के प्रति फर्जीवाड़ा किया जा रहा है महाकाल मंदिर के गर्भगृह में यूं अभद्र तरीके से पसर कर बैठना ठीक नहीं कोई ऐसा न करे इस बात का ख्याल मंदिर के प्रशासक और पुजारियों को भी रखना चाहिए फोटो में उन्हें गर्भगृह में बड़े ही अजीब अंदाज में बैठने दिया गया और मंदिर के पुजारी फोटो खिंचवाने में मस्त नजर आए एक भी पुजारी की हिम्मत महापौर को रोकने की नहीं हुई क्या महाकाल मंदिर प्रशासन और यही पुजारी दूसरे भक्तों को ऐसा करने की इजाजत देंगे के अध्यक्ष, कलेक्टर इस मामले में क्या करेंगे? यह देखना होगा इस पूरे मामले में महापौर ने कहा है की पंडित रमन त्रिवेदी के अनुरोध पर मैंने फोटो क्लिक कराया था मैं महाकाल का भक्त हूँ मुझे क्या उनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं उनके चरणों में आनंद से बैठ गया तो क्या बुरा हुआ इस मामले में मुकेश टटवाल के सर सत्ता का मद चड़ा हुआ साफ नज़र आ रहा है कांग्रेस नेता अरुण यादव ने महापौर मुकेश टटवाल के फोटो को ट्वीट कर लिखा है तुम्हारी हैसियत नहीं कि राजाओं के राजा महाकाल के दरबार में इस तरह से बैठो फरेब से पाई उज्जैन महापौर की कुर्सी का इतना अभिमान बाबा का रौद्र रूप तुम्हारे इस अहंकार को मिट्टी में मिला देगा महापौर जी कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा कि फर्जी तरीके से चुनाव जीते अब आस्था के प्रति भी फर्जीवाड़ा और अशोभनीय व्यवहार उजागर यह एक धर्म के ठेकेदारों का वास्तविक चरित्र है बाबा महाकालेश्वर के समक्ष आदर की बजाय आराम की मुद्रा में उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल